तो उनको क्या है दो बार यूट्यूब शॉर्ट फंड मिल चुका है लेकिन उन्होंने YouTube शॉर्ट फंड से रिलेटेड एक सवाल पूछा था तो पहले उनका सवाल मैं आपको बता देता हूं तो उनका सवाल ये है कि जब भी हमें YouTube शॉर्ट फंड मिलता है तो हमारे पास जो ईमेल आता है उस ईमेल को क्लेम करना होता है मतलब YouTube शॉर्ट फंड को क्लेम करना होता है तो क्लेम करने के कितने दिन बाद हमें यूट्यूब शॉर्ट फंड मिल जाता है मतलब उन्होंने पूछा था कि YouTube शॉर्ट फंड को क्लेम करने के बाद कितने दिन बाद हमारे अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं तो उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको भी YouTube शॉर्ट फंड मिला है और अभी तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर से देखना तो जब भी हमें यूट्यूब शॉर्ट फंड मिलता है तो यूट्यूब शॉर्ट फंड मिलने के बाद हमें एक ई आता है और उस ई में हमें क्लेम नाव का एक ऑप्शन मिलता है तो उस क्लेम नाव वाले ऑप्शन पर दबाकर हमें YouTube शॉर्ट फंड को क्लेम करना होता है और उसके बाद हमें एडिसंस अकाउंट बनाकर एडसंस अकाउंट में हमारी डिटेल को भरना होता है उसके बाद आपका YouTube शॉर्ट फंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि YouTube शॉर्ट फंड क्लेम करने के कितने दिन बाद हमारे बैंक अकाउंट में आता है तो जैसा की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस स्क्रीन में साफ लिखा हुआ है कि जब आप YouTube शोर्ट फंड को क्लेम कर देते हैं तो YouTube शोर्ट फंड का जो पैसा होता है वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आने में कुछ महीने का टाइम लग सकता है तो आपको YouTube शोर्ट फंड से जो भी पैसे मिलते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आने में कुछ महीने का टाइम लग सकता है तो अगर आपको भी YouTube शोर्ट फंड मिला है और आपने अपने यूट्यूब शोर्ट फंड को क्लेम कर दिया है और क्लेम करने के बाद भी आपको यूट्यूब शोर्ट फंड नहीं मिला है तो आपको घबराने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपका YouTube शॉर्ट फंड आपके बैंक अकाउंट में आने में कुछ टाइम लग सकता है तो आपको घबराना नहीं है और YouTube शॉर्ट फंड के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपको YouTube शॉर्ट फंड मिलता है तो YouTube शॉर्ट फंड मिलने के बाद जो आप एडिसन अकाउंट बनाते हैं तो वो यूट्यूब शोर्ट फंड जो आपको मिलता है वो आपके एडिसन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है आपको जो भी यूट्यूब शॉर्ट फंड मिलता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है मतलब YouTube शॉर्ट फंड जो आपको मिलता है वो आपको एडसन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है तो आपको YouTube शॉर्ट फंड से जो भी पैसे मिलते हैं उन पैसों को डायरेक्ट YouTube आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है तो अगर आपने यूट्यूब शोर्ट फंड क्लेम कर दिया है और वो यूट्यूब शॉर्ट फंड अभी तक आपको नहीं मिला है तो आपको कुछ दिन वेट करना है वो YouTube शॉर्ट फंड आपको जरूर से मिलेगा शॉर्ट फंड मिलने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है तो YouTube शॉर्ट फंड आपके बैंक अकाउंट में आने में थोड़ा टाइम लग सकता है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं आपके लिए YouTube से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ और आप चाहें तो मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे Instagram का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है धन्यवाद थैंक यू सो मच